हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल सो गाइज़ टूडे आवर टॉपिक इज़ फ्रेज तो गाइज जो हम प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस कर लिया था उसके नाइन अलग अलग टॉपिक्स थे उनको डिस्कस कर चुके हैं तो उनकी एक्सरसाइजेज को भी हमने सॉल्व कर लिया तो गाइज़ आज हम न्यू टॉपिक शुरू करेंगे दैट इज़ द फ्रेज ठीक है तो फ्रेज़ और क्लॉज के बारे में समझेंगे और आज हम सिर्फ फ्रेज़ के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल हम अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेजेस को डिस्कस करेंगे फ्रेज़ क्या होती है कौन कौन सी टाइप्स होती हैं कौन कैसे हमें पता चलता है ये फ्रेज है उसके बाद हम क्लॉज को डिस्कस करेंगे तो गाइज कम टू द फ्रेज टू डे और टॉपिक इज द फ्रेज़ ठीक है तो फ्रेज क्या होती है फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड है दैट डोंट मेक कंप्लीट सेंस जो आपका कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है किसी भी सेंटेंस में ठीक है और फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है देखिए सेंटेंस भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है लेकिन सेंटेंस और फ्रेज में क्या डिफरेंस होता है कि सेंटेंस जो होता है दैट मेक्स द कंप्लीट सेंस वो कंप्लीट सेंस बनाता है लेकिन जो फ्रेज होता है दैट डोंट मेक द कंप्लीट सेंटेंस वो कभी भी आपका कंप्लीट सेंटेंस सॉरी uh, यहाँ पे डज नॉट लिख देती हूँ मैं डैट डजेंट मेक द कम्प्लीट सेंस ठीक है वो कभी भी कम्प्लीट सेंस नहीं बनाता तो आप फ्रेज जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस देखिए एक सेंटेंस जो होगा उसी का एक पार्ट अंदर फ्रेज ही होगा और फ्रेज में आपका सब्जेक्ट वर्व का जो एग्रीमेंट होता है ना वो जो है वो नहीं रहता है ठीक है वह सारी फ्रेज मैक्सिमम फ्रेज में आपका जो सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट रहता है वो नहीं रहता मतलब सब्जेक्ट और वर्ब सेम नहीं आएंगे आपके किसी फ्रेज़ में तो फ्रेज़ जो होता है वैसे तो वो आ, जैसे हम अलग अलग तरह की फ्रेजेस हैं आगे उसको हम डिस्कस करेंगे तब आप समझ पाएंगे कि फ्रेज़ क्या होती है आ तो, अभी तो मैं यही बता रही हूँ कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसमें आपका सब्जेक्ट भी हो सकता है हम उसको इंडिकेट कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों को ऑब्जेक्ट भी हो सकता है प्रेडिकेट के बारे में भी बताएंगे कि वो क्या होता है और किस तरह से कौन सी फ्रेज़ में किस तरह से हम बताएंगे कि ये वो वाली फ्रेज है ठीक है तो फ्रेज आपको जनरली एक यही चीज याद रखनी है कि फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डजन मेक द कम्पलीट सेंस वो कम्प्लीट सेंस नहीं बनाता है बट इट इज अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस लेकिन वो सेंटेंस का एक पार्ट होता है और सेंटेंस और फ्रेज में यही डिफरेंस है सेंटेंस इज ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड है बट इट मेक्स अ कम्प्लीट सेंस जैसे राम इज अ बॉय तो राम एक लड़का है तो ये पूरा सेंटेंस है ग्रुप ऑफ वर्ड है लेकिन वो क्या है आ, एक सेंस भी बना रहा है कि राम एक लड़का है जैसे मैं लिखू इन द रिवर ठीक है इन द रिवर दैट इज योर फ्रेज ये आपकी एक फ्रेज की एग्जांपल है तो इन द रिवर रिवर में क्या तो दिस फ्रेज डिव अस एनी इंफॉर्मेशन ये हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन कोई नहीं दे रहा कि क्या इंफॉर्मेशन है इसलिए हम इस फ्रेज को प्रॉपर इसलिए हम इसे फ्रेज कहते हैं ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है बट इट डज नॉट प्रोवाइड अस अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा ठीक है इसलिए हम इसको फ्रेज कहते हैं और यह सेंटेंस का ही एक पार्ट बनेंगे जैसे हम प्रॉपर पीछे से सेंटेंस लिखते आएंगे तो ये सेंटेंस का एक पार्ट बने तभी ये सेंटाइम्स को कंप्लीट कर पाएंगे ठीक है अब उसके बाद मैं कुछ एग्जाम्पल लिख देती हूं आपकी जैसे फर्स्ट आप एग्जाम्पल लिख लो द बुक इज ऑन द टेबल बुक जो है वो टेबल के ऊपर है ठीक है द बुक इज ऑन द टेबल बुक क्या है टेबल के ऊपर है तो अब देखिए बुक जो है ये तो आपका नाउन है ये में पढ़ेंगे कि क्या क्या क्या होती होती होती है, है, है। है। वो अलग से है. लेकिन टेबल आपका क्या है फ्रेज है कैसे क्योंकि ऑन द टेबल देखिए ऑन द टेबल में आपका सब्जेक्ट वर्व एग्रीमेंट नहीं बन रहा है टेबल क्या आपका नाउन ही है ठीक है तो अब वो कह रहे हैं ऑन द टेबल कोई चीज टेबल के ऊपर है बट वी डोट नोट इस इतने से सेंटेंस आपको इस ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है सिर्फ यही पता चल रहा है टेबल पे कोई चीज है लेकिन जब हम द बुक इज ऑन द टेबल तो इट मीन देंस एंड इजेंस ये सेंटेंस है और इतना सा ये जो बचता है दैट इज यूर फ्रेज ठीक है ये आपका क्या रहेगा फ्रेज रहेगा अब नेक्स्ट मैं बोलूंगी आ, दिस चेयर Is made अप ऑफ वुड ये जो चेयर है ये किसकी बनी है वुड की बनी है ठीक है ठीके? लकड़ी की बनी है अब देखिये दिस चेयर इज अब ये जो मेड अप ऑफ है ना मेड अप ऑफ वुड दैट इज ये जो आ, ये आपका क्या है ये आपका made up of ठीक है made up of जो है ये क्या है आपका phrase है ठीक है made up of क्या है Phrase है कि वो उससे बनी है मेड अप ऑफ इससे आप कुछ समझ रहे हैं मेड अप ऑफ से नहीं क्योंकि प्रॉपर इसका कोई हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा क्या चीज़ है किससे बनी है सिर्फ ये लिखा है कि मेड अप ऑफ ठीक है दैट दिस फ्रेज दिस ग्रुप ऑफ वर्ड इज नॉट गिव अस कम्प्लीट इंफॉर्मेशन तो लेकिन अगर हम इसको पूरे सेंटेंस में रिलेट करेंगे पूरा सेंटेंस बोलेंगे तो दिस सेंटेंस गिव्स अस कम्पलीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द चेयर बिकॉज दिस चेयर इज मेड अप ऑफ द बुट क्योंकि ये जो चेयर है ये बुट की बनी है ठीक है तो ये बेटा आ, ये आपके क्या रहे आपकी फ्रेजेस की एग्जांपल्स रही हैं जो जनरल एग्जांपल्स हैं और फ्रेज ये जो अब एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जो फ्रेज आपका है दैट इज़ द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स है डैट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस इन ए सेंटेंस जो कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है लेकिन सेंटेंस में क्या होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही सेम होते हैं लेकिन वो हमारा कंप्लीट सेंस बनाते हैं ठीक है थीके? उसके बाद सब्जेक्ट वर्फ एग्रीमेंट आता है कि सब्जेक्ट और वर्क का एग्रीमेंट इसमें नहीं रहता देखिए यहां मेडअप ऑफ आप ना तो आपको सब्जेक्ट दिख रहा है ना वर्व दिख रहा है ऑन द टेबल में ना तो आपको सब्जेक्ट दिख रहा है ना वर्व दिख रहा तो है तो इसलिए यही डिफरेंस है कि इसमें आपका सब्जेक्ट वर्क का जो एग्रीमेंट रहता है होता है वो नहीं रहता है ठीक है तो द बुक इज ऑन द टेबल और ऑन द आपका फ्रेज रहेगा क्योंकि आपको पता ही नहीं है आई कि होप तो कि आप अंडरस्टैंड कर कि फ्रेज का क्या मीनिंग होता है और कौन सी जो ग्रुप ऑफ वर्ड है वो फ्रेज होता है ठीक है तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे काइंस ठीक है इसके अलग से काइंड है बहुत सारी काइंट है जैसे फर्स्ट आपकी आ जाती है नाउन फ्रेज सेकंड आपकी एड्जेक्टिव फ्रेज प्रिपोजिशनल फ्रेज ठीक है ये जो फ्रेजेस है ये हम अलग अलग तरह से डिस्कस करेंगे एडव फ्रेज भी आती है इसके अंदर आपकी एडव फ्रेज जो आपकी इंपॉर्टेंट फ्रेजेस है वो ये है और भी फ्रेजेस होती हैं जैसे इन्फिनिटी फ्रेज होगी ठीक है तो ये हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके नेक्स्ट वीडियो से हम नाउन फ्रेज को डिस्कस करेंगे आई होप गाइस कि आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज द फ्रेज एंड कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं और फ्रेज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस है और ये डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेज हैं ये हम कल वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो टूम वी विल डिस्कस अबाउट द नाउन फ्रेज थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो